लेकर आया मैं निशान बाबा पूरा कर दो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम लेकर आया जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम कट कट्ट है तुम्हारे बाबा हारे के सहारे जो कोई शरण महक बया करतेदे बारे के दुनिया तुम्हारे बाबा हारे के सहारे जो कोई शरण में महक बया करे के दुनिया लेकर आया मैं निशान बाबा पूरा कर दो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम लेकर आया मैं शरण मैं, मैं तेरी आया दिखा दे अपनी तू माया मैं मैं तेरी अपनी लाज बचाई में मैं अद्भुत में लाज बचाई हरियुग में तेरी अद्भुत सया माया लेकर आया मैं निशान बाबा पूरा कर दो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम ले कर दो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाह धवज उठा कर चलते बाबा भगतिय तेरे आए प्यारे चलते जाए नंगे पैर लगा के तेरे जय वाले की ध्वजी उठा कर चलते बाबा भगत तेरे आए प्यारे चलते जाए नंगे पैर लगा के तेरे जय जकार लेकर आया मैं निशान बाबा पूरा कर दो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम लेकर आया पूरा कर दियो काम हो जाएगा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम कर दिया मोर चढ़ी तने जब लहराई सारा संकट ही हर लिया सचिन ने जो भी मांगा तने पूरा कर दिया मोर चढ़ी तने जब लहराई सारा संकट ही हर लिया लेकर मैं निशान बाबा पूरा कर बायो काम हो जा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे शाम लेकर आया मैं निशान बाबा पूरा कर दो काम हो जा मेरा नाम तू संभाल ले मेरे श्याम